मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है इसी के तहत बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीवार पर भाजपा के स्लोगन लिखे चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं इसलिए पार्टियां जोरों शोरों से अपना प्रचार करने में लगी हुई है इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष वी शर्मा ने दीवार पर एक बार फिर भाजपा सरकार का स्लोगन लिख कर से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया बता दें सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष ही नहीं